राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में जान फूंक दी है कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता झूम रहे हैं ऐसे ही यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का डांस करते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है दिग्विजय अपनी मस्ती में यात्रियों के साथ डांस कर रहे हैं तो उनके वायरल वीडियो पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है तेईस नवंबर को मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है राहुल गांधी के गुजरात जाने की वजह से यात्रा ठहरी हुई है इस ब्रेक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक अलग ही अंदाज सामने आया दिग्विजय सिंह ने अपने साथियों के साथ जमकर डांस किया अब सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है इतना ही नहीं डांस करने से पहले दिग्विजय सिंह अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलते भी नजर आए थे फिर भैंसा के साथ डांस करते दिखे एमपी में 23 नवंबर से यात्रा फिर शुरू होगी उससे पहले डांस फ्लोर पर दिग्विजय सिंह के चवालीस सेकंड के वायरल वीडियो में वो पहले केसरिया तेरा इश्क गाने पर डांस कर रहे हैं इसके बाद ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाने पर झूम रहे हैं इस दौरान दिग्विजय सिंह पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं वो दूर खड़े कुछ साथियों को खींच कर भी ला रहे हैं दिग्विजय सिंह के साथ भारत जोड़ो यात्रा के यात्री भी पूरे जोश में दिखे ढलती उम्र में भी दिग्विजय सिंह का ये अंदाज सबको चकित भी कर रहा है दिग्विजय सिंह के वायरल वीडियो पर बीजेपी कहाँ चुप रहती बीजेपी के नेता व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि उमंग भरा डांस और खुशी से दमकता चेहरा आपकी धारदार चाल ऐसे ही बनी रहे दिग्गी राजा बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस वीडियो पर चुटकी ली है उनका उमंग भरा डांस और खुशी ऐसी दमकता चेहरा